मार मार के उम्र थी देवी न जानते अब तुम उम्र थी देवी उधर का चला ये कौन है साला ज्यादा चप्पा कांड कर रहा है चलो